नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल के ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप काफी ज्यादा चौक जाएंगे अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जाने पर आपको ऐप पिनिंग या स्क्रीन पिनिंग मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आप ओके कर देना उसके बाद मान लो कि आपका मोबाइल कोई घर का कोई बच्चा या घर का कोई भी मेम्बर आपका मोबाइल यूज करता है तो आप चाहते हैं कि वो उसी ऐप को यूज इसे आप यूज करने के लिए देना चाहते हैं जैसे की व्हाट्सअप फेसबुक गैलरी कुछ भी ओपन नहीं कर पाए तो सिंपली आपको यहाँ पर बैक करके रिसेंट पेज पर क्लिक करना हो यहाँ पर आपको ऐप पिन का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप जो भी बटन पर क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा सब कुछ लॉक हो जाएगा बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसे बंद करना तो आप दोनों बटन को एक साथ होल्ड करना होगा और आपका ये अनपिन हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं और ये अनलॉक हो जाएगा अब सारा कुछ काम